अपना कहा तू तो जहा अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा हा मिल जाए इस तरह दो लहरे जिस हाई